दोस्तों चाणक को इतिहास का सबसे बुद्धिमान सबसे ज्ञानी और सबसे बड़ा राजनीतिक माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने तेज बुद्धि के दम पर नंद राजवंश को उखाड़ कर चंद्रगुप्त मौर्य को आखंड भारत का राजा बना दिया था उनके द्वारा लिखी गई नीतियाँ आज भी इतनी कारगर हैं कि लोग अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए उनकी नीतियों का सहारा लेते हैं तो आइये जानते हैं चाणक की वो नीतियाँ जो जीवन में कामयाबी दिलाती है दोस्तों चाणक कहते हैं अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताओ दरअसल चाणक का मानना है कि किसी इंसान को अपने जीवन के लक्ष्य अपने इरादे और अपने संकल्पों के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा बिना किसी शोर शराबे के हमें अपना काम करते रहना चाहिए असल में होता यह है जब हम अपने लक्ष्य के बारे में दूसरे लोगों को बता देते हैं तो लोगों से दो तरह का जवाब मिलता है पहले तो वो लोग होते हैं जो हमारी बातों को सुनकर खुश हो जाते हैं जिससे हमें लगता है कि अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यानी कि हमारे मन में अपने लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा कम हो जाती है और दूसरे वो होते हैं जो हमारे लक्ष्य को सुनने के बाद नकारात्मक बातें करने लगते हैं जैसे कि तुमसे यह ना हो पाएगा तुम यह नहीं कर पाओगे जिससे हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं हमारा उत्साह कम हो जाता है इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए आचार्य चाणक्य की ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर अगली वीडियो में